मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि गुजरात में बीजेपी दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के रुझान आपने एग्जिट पोल में देख लिए होंगे इस मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ऐसा काम करते ही क्यों है कि न्यायालय को बीच में आना पड़े और मानहानि की नौबत आ जाए गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा उत्साहित है भाजपा गुजरात में रिकॉर्ड सातवीं बार सरकार बनाती दिख रही है एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें यकीन है कि इन नतीजों ने जो दिखाया है मतगणना के बाद इससे भी अच्छे नतीजे आएंगे कांग्रेस का एग्जिट तय है मोदी जी के राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की रुझान आपने एग्जिट पोल में देख लिए होंगे सच तो यह है कि जहां जहां पर पड़े संतन के तहा तहा बंटाधार मैं गुजरात से लौट के आया था तब भी मैंने कहा था बहुमत से ज्यादा आएगा एग्जिट पोल ने जो दिखाया इससे भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगी कांग्रेस का एग्जिट तय है और हाशिए पर कांग्रेस बहुत जल्दी पहुंचने वाली है आप दो दिन का और इंतजार कीजिए मोदी जी की जो वैश्विक स्वीकारिता है माननीय मोदी जी जो राष्ट्र की आत्मा आत्माभिमान को जिस तरह से शिखर पर ले जा रहे हैं लोगों ने उस पर मोहर लगाई है कि मोदी जी की स्वीकारिता की मोहर है सफलता के उनकी, तो उनकी यात्रा के रुझान पोलान है खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना जहां जहां पांव पड़े संतन के तहा मंटा धार है आप देख लीना इसका परिणाम भी सामने आएगा आप सब भी उसके साथी होंगे और मैंने फैराम में भी कहा इंदौर के लॉ कॉलेज मामले को लेकर मिश्रा ने कहा लेखक और पब्लिशर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेखिका डॉ. फरहत खान की पीएचडी की डिग्री वापस लेने के लिए भी पत्र लिखा गया है गृह मंत्री ने कहा उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी उनकी गिरफ्तारियों के लिए लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी होगी जहाँ तक लेखक का सवाल है डॉक्टर डॉ खान पी एच पीएचडी वापिस हो इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको वही दिग्विजय सिंह पर हुए मानहानी केस को लेकर मिश्रा ने कहा दिग्विजय सिंह ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि न्यायालय को बीच में आना पड़े और मान की नौबत आ जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड दिल राहुल बाबा को हिल से गिरा कर मानेंगे <laughs> जवान से भारत विरोधी बयान देने में एक तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे जिनने इनकी यात्रा निकलवा दी और एक कमलनाथ जी है जो बाबा को साथ साथ की कह रहे हैं इससे आप दोनों के भाव को समझ लें तो कराने की बात तो वासी ही हो गई जैसे किसी छठवे क्लास के बच्चे को आप उनतालीस का पाड़ा बोलने का कह दो वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है